हेलो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि अब आप डिजी लॉकर पे ड्राइविंग लाइसेंस इस ड्राइविंग लाइसेंस को अब आप घर बैठे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे तो चलिए दोस्तों ज़्यादा देर ना करके शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि डिजी लॉकर से अब आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस चाहे टू व्हीलर का हो या फोर व्हीलर का हो किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने डिजी लॉकर अकाउंट पर आना होगा आप चाहें तो इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं मेरे पास डाउनलोड है तो मुझे इसकी डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है और डिजी लॉकर ऐप्स आप देख सकते हैं इसको यहाँ पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके का आपका डिजी लॉकर अकाउंट नज़र आएगा वीडियो इसका हम पहले भी आपको बना करके दे दिए हैं कि किस प्रकार से आप डीजी लॉकर अकाउंट बना सकते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा कि इसका अकाउंट कैसे बनाया जाता है और उसके बाद जो भी इसमें नई सर्विस ऐड होगी तो वो अपने आप ही आती जाएगी आप उस पर ऐड करके अपना कोई भी सर्विस वो ले सकते हैं तो चलिए हम बताते हैं कि आप ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बना सकते हैं तो यहाँ पर आप जो देख सकते हैं होम इस होम पे आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऊपर ही लिखा हुआ है ड्राइविंग लाइसेंस गेट नाउ इस पे आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपने जो डीजी लॉकर अकाउंट बनाया होगा वो आधार के माध्यम से बनाया तो जो आधार में आपका नाम होता है वही नाम यहाँ पर चल जाता है उसके बाद डेट ऑफ़ बर्थ जो आधार पे आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी वो डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पर आ लिख जाएगी इसके बाद अब आपको यहाँ पर अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालना है तो आप ऑल इंडिया कहीं कभी ड्राइविंग लाइसेंस हो वो नंबर यहां पर डाल करके आप डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए हम ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डाल देते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालने के बाद ये आपको जो है एक चाकोर बॉक्स में जो राइट का निशान लगा हुआ ये अपने आप ही लगा आपको मिल जाएगा उसके बाद गेट डॉक्यूमेंट इस पर आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस फिक्सिंग होगा और उसके बाद ये डाउनलोड होकर के आपके इसी लिस्ट में नीचे लग जाएगा तो चलिए दोस्तों हम इसका इंतज़ार कर लेते हैं तो देखिए दोस्तों डाउनलोड हो चुका है डाउनलोड होने के बाद ये लास्ट में आप देख सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस अब इसको जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये आपका ड्राइविंग लाइसेंस डाउनलोड हो गया है और उस पर बार कोड भी आ जाएगा बार आने के बाद ये वेरीफाइड का निशान भी डिजी लॉकर का लग जाएगा और आप देख सकते हैं यहाँ पर इंफॉमेसन भी लिखी हुई है इंडियन रेलवेज़ एंड एयरपोर्ट एक्सेप्टेड डिजिटल आधार डिजी लॉकर एंड वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ तो ये अब आप इसको डिजिटल है कहीं पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं तो इसमें आईडी और एड्रेस दोनों हैं तो आप इसको दोनों पे इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आप कहीं पे बाहर जा रहे हैं या अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो आप अपना ये ड्राइविंग लाइसेंस दिखा सकते हैं और ये उसी तरीके मान्य हैं जो एक फ़िज़िकली आपका जो होता है ड्राइविंग लाइसेंस उसी तरीके सेम ये डिजिटल का भी मान्य है तो दोस्तों आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करें धन्यवाद